नमस्कार दोस्तों मैं माधव बराल मेरा ये यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों हर कोई इंसान जीवन में सफल होना चाहता है अंदर से शांति और खुशी चाहता है एक समृद्ध जीवन और सुंदर जीवन चाहता है मगर दोस्तों जो कोई भी इंसान जहाँ पर भी है वो उसकी सोच का ही नतीजा है हर महान व्यक्ति को देखें तो ये बात की पुष्टि हो जाती है दोस्तों सिर्फ एक अच्छा सोच या एक अच्छा सुविचार एक आदमी को साधारण से असाधारण भी बना सकता है आपने विश्वविख्यात पंडित कालिदास का नाम जरूर सुना होगा एक मूर्ख जो खुद बैठा हुआ डाली को काटता है वो महाज्ञानी बन सकता है तो सिर्फ उसकी सोच का ही फल है रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है तो उसके एक सोच के बदौलत आज राम को पूजा जाता, जाता है सोच सोच का फर्क है सोच सोच का फर्क है दोस्तों एक गरीब बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है गरीब धनपत राय श्रीवास्तव विख्यात उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद बन सकता है मोहनदास महात्मा गांधी बन सकता है एक दलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन सकता है एक छोटा किसान का बेटा अब्राहम लिंकन बन सकता है एक अपाहिज व्यक्ति यानी न्यूरॉन मोटर डिजिट से पीड़ित व्यक्ति महान विज्ञानी स्टीफेन हॉकिस बन सकता है पेट्रोल पंप में काम करने वाला एक लड़का धीरूभाई अम्बानी बन सकता है एक मंद बुद्धि का लड़का एक महान वैज्ञानिक टोमास अल्बा टोमासन बन सकता है ऐसे हजारों उदाहरण हमारे बीच आज मौजूद है दोस्तों हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मानना दोस्तों हमें याद रखना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर बदकिस्मती से हारना पड़ा तो भी बहुमूल्य तजुर्बे साथ ले जाएंगे कुछ ध्यान देने वाली बातें एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा हो सकता है निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो दोस्तों क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है आज आप उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है है है कोई कोई हताश होकर जाता है, तो कोई जाता तो संघर्ष करके निखर बस उम्मीद मत छोड़ना, छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा गलती नीम की नहीं की वो कड़वा है खुद गर्जी जीव की भी है जो उसे मीठा पसंद है जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती है जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर है मान लो तो हार ठान लो तो जीत सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता हर पतंग जानती है अंत में कचड़े में ही जाना है लेकिन उसके पहले हमें आसमान छुके दिखाना है थैंक यू दोस्तों अगली कड़ी पर फिर मिलेंगे हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें ये वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद